आज फिर मैं जो हर बार बारम करके ठंडा ही छोड़ देते दे। <laughs> नहीं जाता क्या पूजा जी हम मदद करते हैं कपड़े उतारने में समझ नहीं तुम्हारी भावनाएं लोडा हम आपसे प्रेम करते हैं क्या बोला तुम्हें तो <laughs> रात सोते हमें बस आप ही का ख्याल आता है हमें ऐसा लगता है कि हम मछली की तरह और आप पानी की तरह को आपको, आपको शरण नहीं आता अभी आप अगर हमें नहीं मिलेंगे ना तो हम मर जाएंगे और अभी तो रुको क्लाइमेट अभी बाकी घोसडी के शादी कर सके तुमने हमारी सपना भाभी बिया